तो हम चाहते हैं अपने सीट के अंदर दो अलग दो या दो से ज्यादा अलग, अलग एरिया पे अलग अलग पार्ट पर लगाना जैसे तो तो मैंने एक फाइल जिसमें फाइन लाइन के ऊपर दो पर्सन काम करते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए मिस्टर बी के डेटा के साथ छेड़छाड़ ना कर सके और मिस्टर बी मिस्टर ए के डेटा के आगे छेड़छाड़ न कर सकें तो कैसे होगा एक चीजें तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा रिव्यू टायर में अलाउ एट रेंज पे क्लिक करना होगा उसके बाद वन बाय वन जितने भी रेंज है यहां पे नाम देना चाहते हो नाम दे दीजिए मिस्टर ए और यहां हम करते हैं अपना एरिया सेलेक्ट उसके बाद हम यहां पे पासवर्ड डाल दिए देन ओके पासवर्ड को कंफर्म किया देन ओके okay. वापस न्यू पे जाते हैं और यहां पे बी कर देते हैं और यहां हम मिस्टर बी का एरिया सिलेक्ट करते हैं फिर मैं यहां पर मिस्टर डी का पासवर्ड डाल देते हैं डिफरेंट पासवर्ड पासवर्ड को कर कंफर्म करते हैं सी डी जितने भी कर दीजिए अप्लाई करके जस्ट ओके कर दीजिए उसके अभी भी टाइप होगा क्योंकि इतना करने से नहीं होगा ये एक चीज एक्टिवेट तब होगी जब आप सीट को पासवर्ड डालें के ऊपर प्रोटेक्ट प्रट करके मैंने आपके पासवर्ड डाला पासवर्ड को कंफर्म किया ओके अब देखिए मैं इसके अलावा भी और काम नहीं कर सकता लेकिन जैसे मिस्टर ए के ऊपर कर, करने के लिए जाएंगे मुझसे पासवर्ड पूछेगा मैं मिस्टर ए का पासवर्ड डाल दिया तो मैं यहां पे काम कर सकता हूं लेकिन जैसे मैं मिस्टर बी पे जाऊंगा अगेन आंख पासवर्ड यहाँ पे मुझे मिस्टर बी का पासवर्ड चाहिए ना कि मिस्टर ए का इस तरह से आप एक ही सीट में कई सारे पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं अलाउ एज रेंज की मदद से